तो हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में फॉर फॉर लूप लूप एंड ऑफ क्या होते बुक और हैं नाम का ले ले हैं। आई को येगा और इसको अपर केस में कर देते हैं टू अपर केस और चलते हैं अपने ब्राउज़र होकर चेक करते हैं दोस्तों आप देखोगे इसके सारे एलिमेंट जो हैं हाइड्रेट हो गए हैं अब इसी को हम एक बार फोर ऑफ लूप से करके कर देखते हैं और तो यहाँ पर फोर लूप लेते हैं उसके बाद दोस्तों हमें फोर ऑफ लूप में लैंड प्रॉपर्टी की जरूरत तो नहीं होती है तो यहाँ पर एक गरी में लेते हैं बुक्स नाम का उसके बाद ऑफ लगाएंगे उसके बाद हमारे गरी का नाम आ जाएगा बुक और उसके बाद इसको हम कंट्रोल ऑक करा लेते हैं कंट्रोल डॉट लॉक उसके हमारा आ जाएगा बुक्स जो हमें गाड़ी लिया था और इसको टू अपर और चलते हैं इसको अपने बराबर पर चेक करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे ये भी आई हो गया तो दोस्तों आपको फोर लूपर ऑफ लूप में से कौन सा लूप पसंद आया है कमेंट करके बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू